बेबी बेबी? तुम क्या कर रही हो? हो. पर पर बात बात है है ना. ना काट. अरे अरे तो सुनो. यार मैंने इतना किया हुए चलो ये काटो कितनी प्यारी मेरी. मेरा कितना ख्याल रखती है। हर दिन को स्पेशल बनाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन बेचारी थोड़ी सी बुलक्कड़ भूल गई थी हमारी एनिवर्सरी आज नहीं कल है लेकिन कोई बात नहीं <laughs> <स्थाथ। रो? दिदाजी। laughs> साहब साहब चाय बना दो ना कॉफी मूड बना दो ना क्या मूड बना दो ना ये रहा नहीं जाता समझ रहे हो हां हां राजा जी अपनी शक्तियों को प्रदर्शन कर तो खड़े के चलो मां ओ मेरी मां मां और बच्चे का रिश्ता ना इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है बच्चे को कोख में पालना ना दुनिया का सबसे महान काम होता है मेरा बस चले ना तुम तो मैं भी पाल लू पैदा क्या से करूंगे पीछे से <laughs> इधर तो ले ले ले कर लेंगे तो कोई नहीं आ जा। अरे चलना यार क्या नहीं आ रहा राजा है है। एहे, रहा नहीं जाता समझना अरे क्या यार इधर कर लेता है फिर तो बोलते सात बजे से पहले तो घर जाना है आजा हाँ एक जल्दी से कैसे खड़े हो तीनों तीनों मंगल जी दो ही तो हम। अच्छा एक गुड न्यूज है लिए। क्या बाबू बाबू मान गया रिश्ते सच्ची इसीलिए ने तुम्हें कल अंकल सब बढ़िया बेटा ये बताओ तुम्हें दूसरे कितने जानते हो अंकल ये छह महीने तुम क्या अंकल कुछ नहीं कुछ नहीं बेटा एक बात है ना दिल से ये आरामदा हमें पसंद नहीं है तो तुम्हें पसंद कैसे आया गजब है। तो गलती हो जाती है अगर ये पसंद नहीं आते अच्छा तो। अच्छा अच्छा। अरे बेटा मैं से एक बात सोच रहा हूँ तुम तो इतनी सुंदर हो तुम्हारी सुंदर अरे भाभी के साथ लूडो खेल ले मुहावरों में है, तेरे दिमाग में है है। माँ समान होती है आ, सही सल वाले सही सल वाले तो तो तो तो चले, तो चले चले पे जाएंगे कैसे? मैं स्कूटी है, है, है। तेरी तो फटी चड्डी तूने तो पहनी नहीं, सहलाएगा तू? मार कल इसने मेरी चेयर पर ना ऐसे पेंसिल लग दी मैं जाकर बैठी तो क्या हुआ? कितनी चुभी पता है? और इसने होमवर्क भी नहीं किया। तो होमवर्क कैसे करता? पेंसिल तो आपके पास है। कैसे हो गया ये सब कैसे हो गया वो क्या है ना एक तेज हवा का झोंका आया और मैं प्रेग्नेंट हो गई <laughs> अरे वाह तो तो पहले पहले ही ही ही पता पता था था मेरे बस की नहीं नहीं है है है बच्चा बच्चा बच्चा पैदा करना मुझे तो मुझे भी कि कि ये ये तुम्हारा तुम्हारा फिर फिर ना मैंने एक-एक एक करके अपने सारे को किया फिर मुझे जाके पता लगा ये बच्चा तो तुम्हारा ही है। क्योंकि तुम हो जो बिना के उतरते हो हाय new push up da amazing ain't eh? looking good wo mm. mm. oh, come here you do pug ye sab kya dekhna pad raha hai acha hai main andha hu acha भाभी पढ़ाती तो कम है लेकिन दिखाती पूरा है ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तुम लोगों को पढ़ाने में बहुत खुशी मिलती है थैंक यू भाभी। भाभी जी जी हमको भी बहुत मजा आता है आपके साथ पढ़ने में गांव में तो अलग ही अल्लाह है की चूरन की बीवी ट्यूशन के नाम पे अपना काम निकालती है कहा बोल रही भाभी आप हमें तो ऐसा मौका कभी नहीं मिला यही नहीं अभी और सुनिए अब पाठशाला शुरू करें जी भाभी जी शुरू करते हैं। हाँ। वैसे भाभी जी आज का पढ़ेंगी आप आज का सब्जेक्ट है सेक्स जी भाभी जी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हा, करते हा, हा, है। जी, बहुत तेज हो रहा है ये ये ये दूशी। दूशी। नाम खुशी नाम खुशी लेकिन अंदर से खुश हो नहीं ना झूठी आता नहीं रास्ता सच्चा दूंगा। दूंगा। तुम मेरा हाथ पकड़ लो। मैं तुम्हें बच्चा तो बाप वाँग। वाँग। तो क्या बता हो? शक्ल देखी अपनी? ना पहनने की अकल ना बोलने की तमीज तुमसे शादी करूंगी मैं कजब बेच जाती है रुको जरा सबर करो के उस जहर को मेरी कहल को कहल तुम पे क्या कर रहे हो मोहब्बत अपनी जगह और बिरयानी अपनी जगह बढ़िया था यही नहीं, नहीं अभी और सुनिए